फिर से एक वैकेंसी लेकर के आया हुआ हूँ आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड मुंबई की ओर से निकली हुई है अब हम इसमें देखेंगे किस पोस्ट के लिए स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटगरीज फर्स्ट एंड सेकंड एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है एक चार दो से तीस चार दो अप्लाई करने का डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं अब हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इसके बाद में आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म दिखलाएँगे ये इसका नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं इसका नोटिफिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है मैं आपको कम्फर्टेबल लैंग्वेज में बता दे रहा हूं, जो कि हिंदी के मैगजिम कंड कैंडिडेट्स हैं हिंदी में ही आपको मैं बता दे रहा हूं। ये देखिए इसमें डिप्लोमा की भी वैकेंसीज हैं अब मैं यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ कौन कौन सी ट्रेड मांगी गई हैं आरएसी ए इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर इस तरीके से टोटल पोस्ट भी आपको दिख रही हैं फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव इस तरीके से सारी पोस्टें आपके सामने यहाँ शो कर रही हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है टू ईयर्स आई टी पास इसके बाद में या एन ए अप्रेंटिसिप की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए या टू ईयर्स की आई जो कैंडिडेट पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन कैंडिडेट्स की एक साल की आई है वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि फिटर इलेक्ट्रीशियन टर्नर मशीनिस्ट इन कैंडिडेट्स की दो साल की आई होती है ऐसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जैसे वेल्डर हो गया इन कैंडिडेट्स की एक साल की आईटीआई टी है ये कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें ओनली फॉर आईटीआई पास कैंडिडेट मांगा गया है इसमें न्यूनतम 60% पास एसएससी, मतलब हाई स्कूल में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इन्होंने पहले ही क्वालिफिकेशन भी लिख दिया है न्यूनतम सिक्सटी पास होना चाहिए हाई स्कूल में मैथ और साइंस सब्जेक्ट के साथ में हम आगे देखेंगे इसका सिलेबस क्या होगा एग्जाम का देखिए यहां एज की लिमिट मांगी गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष श्रेणी वन के लिए और श्रेणी टू के लिए 18 वर्ष और 22 वर्ष इसमें श्रेणी वन कौन सी कैटेगरी के कच्चे आएंगे देखिए में में डिप्लोमा कैंडिडेट्स आएंगे और आईटीआई कैंडिडेट्स आएंगे। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो एज की लिमिट है 18 से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए तो ही इसे अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में छूट भी दी जाएगी प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है दो वर्ष की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ परमानेंट हो जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपका स्टेपेंड आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट ईयर में दस हज़ार सेकेंड ईयर में बारह आपका सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न के द्वारा होगा रिटर्न में आपके फिफ्टी क्वेश्चन पचास क्वेश्चन बहुकल्पीय आएँगे एम जिसमें मैथ के 20 साइंस के 20 और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन तीन नंबर का होगा और एक क्वेश्चन के गलत होने पर एक नंबर काट लिया जाएगा ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें फर्स्ट चरण सेकेंड चरण में क्या होगा चरण वन में छांट कर लिए गए सभी अभ्यर्थियों को उनके संबंधित व्यवसाय से प्रगत परीक्षा भाग लिए जाएंगे दो घंटे के बाद में पचास इसके बाद में आपका ट्रेड का भी पेपर होगा ये आपका जर्नल पेपर है पार्ट वन में पार्ट टू में आपका ट्रेड का भी पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन लिए जाएंगे थर्ड स्टेज की प्रक्रिया क्या है आपका प्रैक्टिकल होगा तीन स्टेज में आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर्स होगा आपका जो पे ग्रेड होगा वे होगा 21,700 लेवल थ्री और लेवल फोर के लिए है 25,500 ये आईटीआई जो श्रेणी टू है ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए में आ रही है इसमें भी बी और सी ग्रेड में दो भी डिवाइड किया गया है इस तरीके से ये आपका पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जो जो मेन मेन चीज़ें थी जिसकी नीड होती है अब हम देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने पर क्या चीजें मांगी जाती हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने पर ये जर्नल सा फॉर्म आपके सामने ओपन होगा पोस्ट चॉइस करनी है आपको ट्रेड चॉइस करनी है इसके बाद में कैटगरी आधार कार्ड नंबर डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर एड्रेस ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में आप सबमिट करेंगे फिर आपके मोबाइल पर और मेल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जाएगा उसे लॉगिन करेंगे बाक़ी की जो भी जानकारी होगी आप फिर से इसे फिल करेंगे इस तरीके से आपका फॉर्म पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स लग रही है फॉर्म फ़िल करने में